तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आयो अब अच्छे होंगे तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट का है हम उनको टीम वेवरक में सपोर्ट दे रहे हैं ये उनसे नहीं हो पा रहा था तो हम यहां पे जा करके उनको टीम वेवरक में इनकी फार आपको रिमूव करेंगे जैसा कि मैं यहां पे बता दें आपको इन्फिनिक्स का या हमारा जो है एचडी uh, करके इसका मॉडल जो है आपको मेंशन में आगे भी कर दूंगा स्मार्ट एचडी करके इसका जो मॉडल है आप देख सकते हैं इसकी एफआरपी हम यूएमटी से वन क्लिक में रिवोव करने वाले हैं अगर आपको पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट इंड तक आप जरूर देखिएगा ये हम अपने स्टूडेंट को अपने टीम वेबर के थ्रू आपको सारा चीज यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाले हैं वन क्लिक में यूएम का वन क्लिक अगर आपका ब्रांड मॉडल नहीं है तो कैसे उसको करना है आपको पे पे दिख जाएगा स्मार्ट एचडी इसका मॉडल है ये देख सकते हैं गूगल अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है तो हमारे चैनल में अगर आप नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा ले जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो वीडियो आपको पता है तो स्किप कर सकते हैं नहीं, तो वीडियो को लास्ट इंटरव्यू तो से वन क्लिक में इसकी कैसे रिमूव करते हैं तो चलिए आप ऐसे ही बने रहे तो चलिए जैसे कि हमने जो ये मॉडल आपको दिखा दिया फ्रेंड अब इसको हम करेंगे यूएमटी से इसकी एफ को वन क्लिक में रिमूव तो चलिए फटाफट हम यूएम को खोल लेते हैं यूएम को खोल लेते हैं यहाँ पे और सारी चीज़ आपको यहाँ पे हम करके दिखाएंगे तो फ्रेंड ये जो हमारा मॉडल है इनफिनिक्स का और ये बहुत ही तरीके से इसकी एफ आर पी वन क्लिक में आप रिमूव कर सकते हैं तो चलिए ये हमारा यूएमटी खुल चुका है जैसा कि आप हमारा देख सकते हो ये हमने बताया था ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले आपको अगर जाना है यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले आपको जा सकते हैं यहाँ पे बेसिकली अपना मॉडल और ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं इन्फिनी का जो स्मार्ट एच इसका मॉडल है और सारी चीज़ें आप एक्स एक, सिक्स वन और यहाँ पे टू बी इसका जो मॉडल है और उसका जो मॉडल बोलते हैं स्मार्ट एच तो ये जो नया मॉडल है और इसकी फार अगर आपके पास मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर इसका ब्रांड नहीं है तो ब्रांड है और मॉडल नहीं है इन है पर यहाँ पे इसका मॉडल अगर नहीं है तो हमें इसका कैसे अनलॉक uh, करना है तो इस वीडियो में मैंने ये मेंशन किया हुआ है तो सिंपल से टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है ये हमारे स्टूडेंट और सब्सक्राइबर का है जैसे कि आप यहाँ पे लाइव ही देख रहे हो सारी चीजें तो अगर ब्रांड मॉडल नहीं है तो हमें क्या करना है सारी चीजें अब हम यहाँ सीधे आपको वन क्लिक दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे साइड में आपको वन क्लिक दिखाई दे रहा होगा तो आप वन क्लिक में अगर आपके पास यूएमटी है तो वन क्लिक में आप इसकी एफ रिमूव कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे रीड इनफो पे है हमारा अब सीधा और सीधा हमें एफ पे पी पे टिक करना है रीड इनफो पे रहेगा क्योंकि मोबाइल का आइडेंटिफाई वहाँ पे लेगा आपका सारे चीज तो यहाँ पे हमें कर देना है यहाँ पे एक्सक्लूज कर देना है अब आपको फोन को कनेक्ट करना है देखिए यहाँ पे हम गए और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे देखेंगे फिर से एक बार आपने ब्रांड्स को मॉडल को चेक कर सकते हैं यहाँ पे ब्रांड मॉडल नहीं है तो आप उससे मिलता जुता ब्रांड या मॉडल ले सकते हैं ब्रांड तो आपका इन्फिनिक्स ही होगा और मॉडल उससे मिलता जुलता आप ले सकते हो पर अगर नहीं है तो सिंपल और सिंपल हमें करना क्या है यहाँ पे जाना है आपको वन क्लिक वन क्लिक में जाने के बाद यहाँ पे सीधा आपको करना क्या है फार पी रिसेट क्लिक करना है और एक्सक्लूज कर देना है करने के बाद आपको यहाँ पे आ, फोन को कनेक्ट करना है और फ़ोन कैसे कनेक्ट करना है वैल्यूम अप डाउन दबा करके आपको फोन को कनेक्ट करना है इमीडियो के आप ड्राइवर ऑलरेडी होंगे ही होंगे तो आपको वैल्यूम अप आप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट करना है तो देखिए हमने फोन को जब हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है तो फोन हमारा कनेक्ट हो गया बहुत अच्छा बूट हो चुका है मतलब कोई भी अर या फिर कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर सारी चीज़ें आप दे सकते हो ये सपोर्ट के तौर से भी है और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे तो ये कंप्लीट देखे हो चुका है बहुत ही कम समय में इसका नाम ही वन क्लिक है तो वन क्लिक में रिमूव हो चुकी है फ्रेंड अगर आपके पास डोंगल या टूल है तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे इजी तरीके से हमारा यहाँ पे अनलॉक हो चुका है ये इस सारा इसका रीड इन्फॉर्मेशन और इसकी एफ वन क्लिक पे रिमूव हो गई है तो चलिए फोन के स्क्रीन में चलते हैं और फोन के स्क्रीन में देखते हैं कि इसकी एफ रिमूव हुई है कि नहीं हुई है तो चलिए देखते हैं फटाक से तो अब जैसे मोबाइल की स्क्रीन में जाते हैं और मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं कि इसके फार्पी जो है वो रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ फ्रेंड तो बेसिकली यहाँ पे हम चेक करते हैं यहाँ पे चेकिंग इन्फो दिखाई दे रहा है तो वेट करेंगे वेट करने के बाद वहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करने बटन आ चुका है और बहुत ही इजी तरीके से हमारा अनलॉक हो चुका है वन क्लिक में यूएमटी के थ्रू तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम कर लेंगे नेक्स्ट उसको हम फाइनल आपको चालू करके दिखा देंगे की एक्चुअल में ये हमारा रिमूव हुआ कि नहीं हुआ तो आप देख सकते हो सारी चीजें वहां पे आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही होगी फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें आपके सामने ही चल रहा है जस्ट अ सेकेंड तो प्लीज आप हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए जितना हो सके उतना लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं प्लीज ऐसे ही मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीजें तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि वन क्लिक अगर आपका मॉडल और ब्रांड नहीं है तो आप कैसे इसको वन क्लिक में ईजिली तरीके से रिमूव कर सकते हैं सारी चीज़ें तो आई होप ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा होगा बट ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा तो देखिए फोन हमारा फाइनली फा, ऑन हो चुका है तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे सपोर्ट के तौर पर चलिए थैंक यू